सारे सारे के सारे के निकले, भाई, भाई भी सब छोड़ के चले गए तू तो नहीं जाएगा ना तू नहीं जाएगा ना भाई मेरे भाई तुम मेरी जिंदगी में आ तो गए हो, मगर एक चीज का ख्याल रखना कि हम जान दे देंगे मगर तुझे जाने नहीं देंगे